जिला अस्पताल के नव निर्मित महिला प्रसूति वार्ड में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई आग लगने के बाद मरीजों और उनके परिजनों को जिला अस्पताल से बाहर निकाला गया इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आपको बता दें मुख्य जिला अस्पताल में पीछे नव निर्मित बने मातृ व शिशु परिचर्या परिसर की तीन मंजिला भवन में महिला प्रसूति वार्ड है जहां आग पहले दूसरी मंजिल में लगी और फिर इसके लपटे भवन की तीसरी मंजिल तक पहुंच गई आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया आग से मरीज और उनके परिजनों का लगा। नवजात बच्चों को गोद में लेकर महिलाएं बिल्डिंग से बाहर की ओर निकलने लगी जिससे भगदड़ मच गई इस घटना की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकालने लगा अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी पुलिस बल के साथ मरीजों को बाहर निकालने में मदद करने लगे वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया इस पूरी घटनाक्रम में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है वहीं इस घटना के बाद कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद एस सुनील जैन सहित मुड़वारा विधायक भी मौके पर पहुंच गए कटनी कलेक्टर ने बताया की इस पूरी घटनाक्रम की जाँच की जा रही है जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी देखिए जा आगे लगने की सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली टी आई के नेतृत्व में पूरा कोतवाली का बल यहाँ पहुंच गया तत्काल साथ ही फायर ब्रिगेड को भी खबर दे दी गई फायर ब्रिगेड तत्परता पूर्वक पहुंच गया और सबने मिलकर जो है इस पर काबू पाया यहाँ पे जो भर्ती मरीज थे उनको अस्पताल के स्टाफ की मदद से पुलिस बल के द्वारा उनको बाहर निकाल गया कुछ मरीजा भी चले गए थे और अब धुआं खत्म हो जाए तो आग